लो आप तो आगे जाना ही पड़ेगा डर बहुत लग रहा है पर टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि आप के पास है स्नाइपर और बंदे आ रही है सामने से ये ले पटका सीधे हेड पे लगाया और इसकी खोपड़ी का पूरा चूरा कर दिया बस किल मिल जाए और आप लोग करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ओके हो, हो गया काम आपको किल आसानी से मिल चुका है भाई लोग मजा आ गए